उस पानी की रे चिट्ठी पर टी पे ठंड हवा चले जा हाल ओस पानी की खस तो पर भैया बहन भरिया वो जनम दे प्रणाम थैंक यू